वेलकम टू माई फ्लॉग चैनल पे और आप सभी जो पीछे देख रहे हैं ये तरबूज का है खेती होता है यहाँ पे और देखिए ये देखिए ये पूरे तरबूज का है खेती होता है यहाँ पे Hey भगवान का भोले बा का मंदिर है और ये सब हाजीपुर में है जो आप आपसे बढ़िया देख चुके हैं उसको निकट में है ये भोले बाबा का मंदिर ये हम अभी चलते हैं भगवान के मंदिर में और ये आगे ये देखिए ये रहे है। देखिए और ये देखिए हमारे गाइस सर, हमारे फ्रेंड सब पूरे टीम आ चुके हैं और शूट महती हैं तो क्या खाएं भैया आप पूजा कैसा लगा आपको खाने में बस आए हैं और कुछ नहीं खाएँ और ये भैया कह रहे हैं आगे चलते हैं कैसे क्या करते हैं ये जा रहे हैं Bye, guys